कहते ना तुम तो भाई कुल बुलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस और भाई साहब ये वाले गेम प्ले में आपको क्लेश देखने को मिलेंगे ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां हम फंस जाएंगे हमें कुछ नहीं पता होगा कि अब हम यहां से कैसे बचने वाले हैं और साथ ही में तुम्हें देखने को मिलेगा न्यू M762 सेवन जो कि न्यू लेवल एट की गान आई है उसका ग्लोरियस मूवमेंट जी हाँ गाइज वो ग्लोरियस मूवमेंट अगर मैं एच डी तुम लोगों को दिखाऊँ तो तुम लोग शौक रह जाओगे मतलब जो थमने में फोटो वो एच में बट लेकिन नॉर्मली हमें एक एनिमेशन देखने को नहीं मिलता हमें देखो एच में आप लोग को पता है कि ग्राफिक्स बहुत तगड़े दिखते हैं बट लेकिन बैटरी और जो डिवाइस है ना भाई उसके लग जाते हैं, है हैं जॉर्जापुल की जॉर्जापुल में जैसे उतरे थोड़ी ने बहुत लुटवूट मिल जाती है और उसके बाद में देखो एक बंदा हम पे यहां धीरे धीरे क्लोजिंग कर देता है अब जैसे मुझे बात पता चलिए मैं आगे आता हूं अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक फिनिश किया तो हमें पता था इसकी टीम के जो बंदे ना अभी यहीं के रुके पकड़ते अभी मुझे ये बॉट दिखाई दिया अब मैं जैसे ही अबरदस्तर दियाफेक्ट हो गया तो मजा ही आ जाएगा लेकिन मुझे लग रहा है आज कल मेरी किस्मत बड़ी खराब है और गेम पिले में भी क्योंकि भाई साहब बहुत ही गंदा गंदा मर रहा हूं अब जैसे मैं यहां पर आया मैंने देखा कि भाई ये तो सिर्फ है नहीं हुआ अभी तक तो हम लोग समझे कि यहाँ बंदे नहीं है ठीक है तो इसके बाद में हम लोग ऐसे निकलने वाले थे कि तभी हमें पानी में कोई बंदा स्कॉट हुआ बट ये बॉट था लेकिन तुम ग्लोरियस मूवमेंट देखो अब इस वाले मैच में ज्यादातर कोशिश करूंगा बंदे मारू ताकि आप लोगों को वो ग्लोरी यार ग्लोरियस थोड़ा क्लोज़ से दिखाई दे तो इसके बाद मैं जैसे ही हमने इस वाले बॉट को मारा और अब टाइम था यहां से निकलने का और बंदों को पकड़ने का तो बस सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तभी देखो ये कूद दिखाई दे और स्कूप वाले की वजह से मतलब तो हम तो तो रिकॉल कर रहा है हमने भी रिकॉल करने दिया कि भाई कर तू हम ही जैसे रिकॉल करा अब देखो मैं फाइट लूंगा पहले बंदा नॉक अब जैसे इस बंदे को नॉक करता हूं तभी अभी देखना राइट वाली खिड़की में देखो मेरे को पता दिखा देगा मॉलीफाई की अब मेरे को क्लियरली साउंड आ रहा था कि एक और बंदा अभी भी इस घर के पीछे मैंने फेंकता हूं जैसे मैंने मॉलिफाई की मुझे लगा बंदा बंदा लिट होगा हो जाएगा, जैसे मैं करता हूं, मुझे देखो क्या दिखता है बंदा? पीछे भाग रहा है लेकिन नहीं भाई वो बॉट था बंदा यहीं था अब मेरे तीसरे टीम ने जैसे मुझे कवर दिया मैं रिवाइव हुआ, बॉट को मारा तभी चौथा बंदा लेकिन भाई साहब जैसे तैसे 10 एचपी में उस बंदे को लपेट दिया तो गाइज ये था इस मैच का ऑलमोस्ट नाइन परसेंट क्योंकि चक्कर में कन्फ्यूज हो गया लेकिन अगर तुम लोगों को मजा आया और ग्लोरियस मूवमेंट भी तुम्हें देखने को मिलेगा वेट करो जस्ट अभी देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट दब्सक्राइब बटन जैसे अब आता है मेरी टीम बताती है कि चलो भाई ग्लोरियस मूवेंट दिखाओ पहले नॉक करेंगे अब बड़े आराम से क्लोज आएंगे देखो गाइस अब अगर यही चीज़ में आप लोगों को एच पे दिखाता ना तो भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आता अब ये सब छोड़ो अब देखो यहाँ में एक बहुत बड़ी मुसीबत फंसने वाले मैंने जैसे वाले बॉट को मारा पॉल जाता है उस पेटी को लूटने के लिए मैं यहाँ पर अपनी स्किल लगा रहा था भाई कूप में जैसी स्किल लगाई तो अभी भाई पूरी की पूरी एक स्कॉड ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और अब देखो भाई इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलने वाले अब यहां पर थोड़ा बहुत मैं चौक भी करने वाला हूँ अब पता है चौक आदमी कभी कभी क्यों करता है बचने के चक्कर में मतलब भाई ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं ना मैं तुम तो लोग क्या होता हूँ मैं तो डर गया एक बार को कि भाई अब मर ना जाऊं अब यहां पर मैंने अपने टीममेट को बोला कि वो पॉल को गाड़ी लेके जाए और उठा लाए मैं तब तक कवर दे रहा हूं अब मुझे क्लियरली पता था कि सारे के सारे जो बंदे ना कहीं ना कहीं कवर लेके बैठे कोई पत्थर के पीछे कोई पेड़ के पीछे फाइनली ये देखो अब अगर मैं खड़े के अच्छा। मारता तो जरूर नॉक कर दिया लेकिन मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में सबसे पहले इस पत्थर वाले बंदे को लपटते हैं लेकिन इतने में ही पॉल ने भाई सिंगल पे एक ही मार के उसको हैड करके नॉक कर दिया लेकिन दूसरा बंदा पता चलता है कि वॉस्टावर में और जैसी मैंने इसको ये टैग दिया लिट किया हमने डिसाइड कर लिया कि चलो भी सबसे पहले अब बंदे का इस के समझ जाए जो धुआं निकाला है ना कि बंदा किस हिसाब से खेल रहा होगा तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सीधा नहीं घुसकते अब जहां बेशक गाड़ी की हेल्थ कम थी लेकिन मेरे पास एक मौका था इसको मारने का आगे भेज दू पीछे से कवर दू लेकिन भाई जैसी टीमेट जाता है बंदे ने पीक नहीं करा चाली खत्म लेकिन भाई ये चीज एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये नीचे कूद के कर रश करने आएगा। तो यहां पर जैसे इस बंदे को मारा तभी मार कर तुरंत और अब देखो वन टू थ्री स्टार्ट हमने भाई साहब की सील तोड़ दी और अब देखो कैसे मारते इसको बड़ा ही प्यारा नॉक किया जैसे ही इस वाले बंदे को नॉक किया तो से कॉल आती है। है। भाई उसके पास आ चुकी हम्म अब भाई जल्दी से अब यहां पर कवर देना था पॉल को सीधा डासिया मंगाई उठाया और सीधा निकल लिए जैसे यहाँ एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा सीढ़ियों जाता है मुझे दिख गया था साफ साफ आप लोग लो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना जैसी वाले बंदे को नौक किया भाई साहब क्या ही लगता है ये ग्लोरियस मूवमेंट मजा ही आ गया लेकिन बात करते हैं अगर इस टीम की तो भाई साहब इस टीम ने तो सही हमारा जीना आराम कर दिया था तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इस वाले मैच में अब आपको क्लच भी देखने को मिलेगा तो तैयार हो जाइए अपने पहले क्लच के लिए और भाई ये क्लच मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो कि उम्मीद नहीं थी कि मैं आप एक क्लच भी मारने वाला हूँ तो चलो इसके लिए हम लोग अब जाने वाले थे जोन में अब जोन में हुआ क्या कि एक फ्लेट चली थी और वो चली थी स्टल्वर साइड बैज में गैज आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसा कि अभी आई चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है कौन सी टीम वीक है कौन सी टीम जीत सकती है और एक बार फिर से आज शाम एक आई होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है के वर्सेस पंजाब किंग्स तो अगर आप लोगों की प्रिडिक्शन अच्छी है तो कह आप लोग ट्राई कर सकते हैं वन एक्स बैट जी हाँ कहा आप अपनी प्रिडिक्शन के जरिए वहां पे काफी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं और यही बात नहीं है अगर आप लोग फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे तो आपको लगभग तेरह हजार रुपए का बोनस मिलेगा तो जो मेरा प्रोमो कोड है और जो लिंक है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एक बार ट्राई जरूर करना और इसी के साथ में आप लोग चाहो तो बी वैलोरेंट या फिर जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं आप उन पर भी बैटिंग कर सकते हैं तो ट्राई कर लेना मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना क्योंकि उसके बिना आपको थर्टी का बोनस नहीं मिलेगा तो चलो अभी बात करते हैं कि भाई वो क्लच या वो फाइट अभी कहां होने वाली है तो यहां हम लोग बंदे ढूंढ रहे थे जैसे मेरा टीम इधर आता है तभी देखो भाई यहां टीम सबसे पहले मैंने गेड की पिन खींची घर में नहीं है एक बंदा नॉक ही बंदा नॉक हुआ पहले तो इसको फिनिश करते हैं। यहां पहला बंदा मारा जाता है दूसरा बंदा स्पॉट हुआ तीसरा था इस वाले घर में जो मेरे राइट में तो मैं दिमाग लगाया कि इससे पहले से कोई बंदा पीछे भागे क्यों ना मैं ही रोटेशन दे दू अब इसके बाद मैंने देखा कि बंदा तो कोई दिख नहीं रहा तो मैं एक काम करता हूँ बग्गी लेके पीछे वाले घरों पर जाता हूं जैसी बग्गी लेके इधर आया भाई साहब कोई बंदा नहीं देख रहा मतलब देख रहे हो बंदे छिप गए रही से। पास आता तुम। और इसके में बाद में अब टाइम था भाई घूस के मारने का मैं इधर आया मुझे साउंड आया राइट साइड से टीपी तो देखता हूं भाई साहब पहला बंदा नॉक दूसरा बंदा भाई साहब ये बंदे से तो मैं सही में बहुत ज्यादा डर रहा था लेकिन अभी रुको अब जैसे मैंने ये तीन बंदे मारे इनका भी चौथा भी बंदा तो यहां पर था ही था, भाई, भी भी उसके साथ में यहां पर इतनी सारी टीम्स आती है एक यूएस लेके कूप लेके ले कोई डासिया लेके अभी आप देखते जाओ चौथे बंदे की तरफ मैं ग्रेड फेंकता हूं था था था। इसको मार दिया भाई देख रहे हो तो तुम यहाँ से कितनी सारी गाड़ियां गई हैं आप लोग यकीन नहीं करोगे यहां से कम से कम चार से पांच टीम अभी क्रॉस करेगी क्योंकि सबको इस दोन में जाना था सब लोग रैंक पूछ जो कर रहे हैं तो हमने भी डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस वाले ब्रिज से तो नहीं जाने वाले क्योंकि अगर हम लोग इस ब्रिज से गए तो हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी लेकिन हमारी पेट या ब्रिज के पीछे ही रह जानी मुझे पता था ये बात तो इसके बाद में हम लोग इधर आ गए जैसे इधर आए तभी राइट साइड में का साउंड आया बंदा भी दिखाई दिया मैंने भाई बिल्कुल भी गाड़ी रोकी सबसे पहले कवर में आया क्योंकि कवर पकड़ना जरूरी था जैसे मैंने कवर पकड़ा और अब पकड़ाइड करें किस टीम को मारते हैं लेकिन और अब हम गाय यहाँ पर जो फंसने वाले ना मतलब की उम्मीद बनी थी नीचे से पानी की मतलब पानी के नीचे से भी बंदे का साउंड आया मेरे को तो मैंने टीम को यह बात भी बता दी चलो भाई पीछे वाली टीम का पहला बंदा नौक हो चुका है है लेकिन भाई अब इधर वाली जो टीम है ये हमारा जोन घेर के खड़ी हो चुकी है और वो हमको अब जोन में नहीं जाने देगी इसीलिए अब कुछ ना कुछ तो करना होगा अब यहां मेरा एक टीमेट बताता भी है कि हम दूसरी साइड से अभी भी जोन में जा सकते हैं लेकिन भाई फाइट और इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि पीछे भी एक टीम थी अब तुम देख रहे हो हमें कोई बंदा स्पॉट नहीं लेकिन सारे के सारे बंदे सामने ही खड़े हुए हैं। अब अब पर सबसे पहले मैंने स्मोक करा क्योंकि अब अगर हमें ज़ोन में निकलना है तो गाड़ी चाहिए योगी। स्मोक करा गाड़ी उठाई तभी पीछे से फायर आता है ये टीममेट की तरफ से बहुत ही प्यारा कवर बैठो जाओ अब देखो यहाँ पर हम सोच रहे थे कि चलो दूसरे बेट से निकलते तभी मुझे ऐसा लगा सामने शायद बंदा ओपन में आ सकता है क्योंकि पीछे वाली टीम उनको मार रही थी गा, अब भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए करें तो क्या करें बंदा दिखाई दिया फिर से अभी, अभी लेकिन भाई साहब कोई नॉक नहीं मिला अगर एक नॉक मिल जाता तो एक बार को हम लोग ना गाड़ी उठाकर रश कर भी देते अब जैसी दर पे निकलते तभी देखो भाई जोर आ गया और कुल मिलाकर अब हम यहाँ फर चुके थे पीछे, पीछे मारो और इसके बाद में भाई कुछ बंदे पीछे से आ रहे थे अभी अभी भी तो आगे। आगे। आगे। तो आगे। ये तो हो गया right? लेकिन इसके बाद में में एक बंदा अभी भी राइट साइड दिखाई देता है भाई क्या लेख खा रहा है बंदा जैसे इस वाले बंदे को लॉक अब हमें सामने अगर जाना है पचपन मीटर लगभग तो हमें भाई जोन क्रॉस करना ही होगा और जैसे ही ये लास्ट बंदा डायरेक्ट मर गया मैं समझ गया कि सामने वाली टीम तो मारी जा चुकी है तो क्यों ना हम लोग जोर अब जैसे ही मैं फिर नीचे आता हूं देखो तो भाई बंदा था यहां पर और जो मैंने पहले पानी का साउंड सुना था ना यकीन मानो ये बंदा तब से यहीं पर बैठा हुआ अब मैंने यहां पर स्मोक कर दिया ताकि मैं ट्रिक व्रिक यूज करके उस बंदे को स्पॉर्ट कर सकूँ और ये तो मेरा बड़ी है लेकिन मैं अपने बड़ी को देख के बार बार डर रहा था अब देखो वो वाला बंदा है क्योंकि तो वो है दिखी नहीं रहा ना स्मोक ट्रिक भी हमने कर ली, कुछ हाथ नहीं आ रहा तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ जोन क्रॉस करता हूं I mean, ब्रिज क्रॉस करता हूं तभी देखना राइट साइड में मुझे, बचा मैं आ रहा। मुझे बंदा देख गया और ये वही बंदा है मेरी टीम को कॉल दी अब पहले तो भाई मैं ऊपर आया था क्योंकि जोन में आना जरूरी था Left जैसे यहाँ पर आया right. अरे भाई, भाई भाई भाई क्या ही मारा लेकिन एक सेकंड। ये देखो एक बंदा आया मैंने गेट की पिछले खींची और ये वही बंदा है जो पानी में था बटन का इस्तेमाल करके फेंकता हूं लेकिन भाई पता नहीं कैसे ये, ये बंदा लेटा हुआ था मैंने इसके मुंह पे एग्जैक्ट दो से तीन मारे होंगे लेकिन भाई मजा ले ये बंदा फट जाए, दो दो दो। एक और, और भाई अब तो रसी कर दिया मैंने, ये देखो भाई कहा बंदा अभी भी, भी यहाँ पर मुझे बंदे का पैर दिखाई दिया फाइनली भाई जैसे बंदे को मारतो ही बंधु कुमार तो तभी भाई एक बंदे को मैंने मार दिया एक बंदे को पॉल ने मार दिया कुल मिलाकर अब ये वाली टीम यहाँ पे खत्म हो चुकी है लेकिन अभी बचे हैं पूरे के पूरे पांच बंदे पता नहीं कौन कौन सी टीम के कितने बंदे हैं लेकिन अभी फिर से हम एक बार जोन के बाहर हैं गाड़ी अभी भी हमारे पास नहीं है और ओपन में फसे हुए अगर टीम वहां से अगर हमको टारगेट करके बैठी होगी तो नहीं पार जाने देगी तो यहां पर मैंने पॉल को कॉल दी भाई मैच मोक कर रहा हूँ और उसको सामने डांस से पड़ी है बस वो उठा ला लेकिन हमारा दूसरा टीमेट एक यूएज लेके आता है यूएज में बैठते है ज़ोन की तरफ जैसे निकलते हैं, अब इस मशरूम टावर तो के पीछे आप लोग कूब दिख रही होगी तो मैं सोचता हूँ अभी भी कोई बंदा है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिलता जैसे बंदे को फिनिश करते हैं बचते हैं पूरे सात बंदे और जिनसे मतलब हमें अब कुल मिलाकर चार बंदों को तो मरना ही होगा घर घर सामने घर घर सामने और अब जोन देख लो तुम भाई कहा जाए कोई आइडिया नहीं है लेकिन इतना जरूरी है डाउट तो था कि अगर बंदा इस घर में होगा ना अगर उसने अभी तक फायर नहीं किया तो वो जरूर ऊपर चढ़ के बैठा होगा तो मैंने टीमेट को बोला तू ऊपर जा बैठा, कर रहा है, दे दे दे। Finally, confirm हो गया। अच्छा। मैं खींचता उस बंदे ने आवाज सुनी, वो नीचे आया।, आया। और, गाए। और गाए। भाए भाए। फिर से ये भाई बड़ा ही मज़ा आता है। एक बार तुम लोगों को एच डी पे एक्सट्रीम दिखाऊंगा तो कल दिखाता हूँ कल स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा और भाई बताना आप लोगों को वो कैसा लगेगा ठीक है जो भी लोग नए हो ना बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब जो आप लोगों के सामने सीन आने वाला है ना लिटरली भाई बहुत ज्यादा मतलब अच्छा। लिटरलीर वो कैसी फीलिंग होगी लेकिन हाँ कुछ खतरनाक ही होगा बंदे बचे थे दो हम लोग बंदे को ढूंढते पॉल साइकिल लेके अलग निकल चुका था भाई पॉल को उतार तो। दिया फिनिश भी कर दिया और मैंने टीममेट को कॉल दी कि वो बंदा बहुत ज्यादा लेट है उठा गाड़ी और सीधा भाई ले चले बंदों पे और देखोगा ऐसा साहब गाइस मिल चुका एक है एक डिलिशियस चिकन और ये था क्या लास्ट में कमेंट करके बताओ तुम लोगों को कैसा लगा लास्ट वाला ये एपिक सीन और अगर पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार फिर से आप लोग ट्राई कर सकते हो वन एक्सपायर जहाँ पर आप लोग प्रिडिक्शन करके काफ़ी सारा पैसा अन कर सकते हो अगर आपकी प्रिडिक्शन पावर ओपी है तो या फिर अगर आप लोग आईपीएल वगैरह देखते हो ये सब भी तो भी कर सकते हो और अगर टूर्नामेंट में भी तो भी ट्राई कर सकते हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नीचे प्रोमो कोड एंड जो लिंक है मैं कमेंट में पिन करके दे दूँगा तो आप लोग ट्राई कर लेना बाकी गाइज थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए लव यू ऑल मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय जय हिंद वंदे माता मैंड थैंक्स यू गाइज बाय बाय